पालथी लगाकर बैठें, अपनी हथेलियां घुटनों के पास अपनी जांघों पर इस तरह रखें दोनों बाहों का उपयोग करके इस तरह धक्का दें कि आपकी पसलियां डायफ्राम से ऊपर हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें अपना मुंह पूरा खोलें और अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालें पूरी ताकत से सांस लें और बाहर छोड़ें। पेट की मांसपेशियों में हलचल हो पर झटके न लगें। सांस पूरी अंदर लें और पूरी तरह से बाहर निकालें और अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। हा, हा, हा, हा, हा, हा। ऐसा 21 बार करें अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा बारह बारी करें अपनी जीप को ऊपर की ओर मोड़े इसे उतना पीछे धकेलें जितना आप धकेल सकते हैं मुंह खोला रखकर पूरी ताकत के साथ सांस लें और सांस छोड़ें, अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें, ऐसा इक्कीस बार करें अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा 12 बार ही करें अपना मुंह बंद करें पूरी तरह से सांस लें और सांस रोकें। बस एक मिनट या कम से कम 30 सेकंड तक भरी सांस के साथ सांसें रोककर बैठे रहें जब तक आरामदायक हो तब तक सांसें रोक कर रखें। जब सांस छोड़ना जरूरी हो तब मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस छोड़ें और गले के गड्ढे से आवाज निकालें। आप कुछ समय तक चुपचाप बैठ सकते हैं और अपनी मर्जी से आंखें खोल सकते हैं mhm mm